हैं कौन जी? उससे पहले वाले लाइक करो करो। और को और सब्सक्राइब खरीदने खरीदने के के लिए लिए से से लगते मोटरसाइकिल को को तक लग चलाने कोई भी पैसे लगते और के के पैसे लगते हैं साइकिल से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है बाइक से पोल्यूशन होता है तो आज का विनर है